देवी माता के बवंजा शक्ति पीठों की पूरी लिस्ट जाने कहां से गिरे थे माता सती के अंग कौन कौन से अंग कहां गिरे हैं और क्या नाम है उनका और वह वो स्थान कहां पर है हम बारी बारी लिस्ट में आपको बतलायेंगे और उससे पहले ये जानना हमारे लिए जरूरी है इस बवंजा शक्ति पीठ क्यूँ हुए और कैसे हुए क्या कारण था इसके पीछे चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी हम प्राप्त करते हैं भगवान शिव की पहली पत्नी सती ने अपने पिता राजा दश की मर्जी के बिना भोलेनाथ से विवाह किया था इस पर एक बार राजा दश ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया लेकिन अपनी बेटी और दामाद को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया माता सती बिना पिता के निमंत्रण के यज्ञ में पहुँच गयी जबकि भोलेनाथ ने उन्हें वहां जाने से मना किया था राजा दश ने माता सती के सामने उनके पति भगवान शिव को अपशब्द कहे और उनका अपमान किया जब पिता के मुंह से पति के अपमान माता सती से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने यज्ञ की पवित्र अग्निकुण्ड में कूदकर प्राण त्याग दिए वह माता सती का शव लेकर शिव ताण्डव करने लगे और ब्रह्मांड पर रले आने लगी जिस पर विष्णु भगवान ने इसे रोकने के लिए सदर्शन चक्कर में माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए माता के शरीर के अंग और आभूषण बवंजा टुकड़ों में धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे जो शक्तिपीठ बन गए वैसे तो कवंजा शक्तिपीठ माने जाते हैं लेकिन तंत्रचुंडामी में बुवंजा शक्तिपीठ बताए गए हैं इन शक्तिपीठ के वास्तव में आने के पीछे एक खास वजह है माता सती के इन्हीं शक्तिपीठ के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि देवी के बवंजा शक्तिपीठ कहां-कहां स्थित हैं और सभी शक्तिपीठ के क्या नाम है चलिए शुरू करते हैं नंबर एक मणिककर्णी का घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश और यहाँ माता सती के कान गिरे थे यहाँ माता के विशाल शी और मणिकर्णी स्वरूप की पूजा होती है नंबर दो माता ललिता देवी शक्ति पीठ प्रयागराज इलाहाबाद स्थित इस जगह पर माता सती के हाथ की उंगली गिरी थी यहां माता ललिता के नाम से जानी जाती है नंबर तीन रामगिरी चित्रकूट उत्तर प्रदेश में माता सती का दाया स्थान गिरा था इस स्थान पर माता शिवानी के रूप के में पूजनीय है नंबर चार वृंदावन में उमा शक्ति पीठ स्थित है इसे का शक्तिपीठ के नाम से भी जानते हैं यहाँ माता के बाल के और चूड़ गिरे थे नंबर देवी पाटन मंदिर। बालमपुर में माता का बाया स्किरा था इस शक्तिपीठ में माता मातेश्वरी के रूप में विराजमान है नंबर छे हर देवी शक्तिपीठ माध्य प्रदेश में देवी के दो शक्तिपीठ हैं। इसमें से एक हर देवी शक्तिपीठ है जहां माता सती की कोहनी गिरी थी वह रुद्र सागर तालाब के पश्चिमी तट पर स्थित है नंबर सात शौनदेव देव शक्तिपीठ शक्ति प्रदेश में अमरकटक में माता का दायां नितंब गिरा था यानी कमर के पीछे वाला हिस्सा नंबर आठ माता नैना देवी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में शिवालिक पर्वत पर देवी सती की आंख गिरी थी यहां माता देवी महेश मंदिर कही जाती है नंबर नौ ज्वालाजी शक्ति पीठ हिमाचल के कांगड़ा में देवी की जीव गिरी थी इस कारण इसका नाम सिद्धिता या अंबिका पड़ा था नंबर दस तिरपुर मालनी माता शक्तिपीठ यहाँ पंजाब के जलंधर में छावनी स्टेशन के पास माता का बाया सतर गिरा था यानी पर्त या नंबर 11 अमरनाथ के पहलकाव कश्मीर में माता सती का गला गिरा था वहां महामाया की पूजा होती है नंबर 12 हरियाणा के कुर्कक्षेत्र में माता के पैर की एडी गिरी थी यहाँ माता का सरस्वती का शक्तिपीठ स्थित है नंबर तेरा मणिबंध अजमेर पुष्प में गायत्री पर्वत पर माता सती की दो पहुंचिया गिरी थी जहाँ माता के गायत्री स्वरूप की पूजा की जाती है नंबर चौदह रात शक्तिपीठ राजस्थान में माता अंबिका का मंदिर है यहाँ माता सती के बाएं पैर की उंगलियां गिरी थी नंबर अम्बाजी मंदिर शक्तिपीठ गुजरात में माता अंबाजी का मंदिर है मान्यता है कि यहाँ माता का हृदय गिरा था नंबर सोलह गुजरात के जूनागढ़ में देवी सती का आमाशय गिरा था यहाँ माता को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है नंबर सतारा महाराष्ट्र के जन्मस्थान पर माता की ठोडी गिरी थी उसके बाद यहाँ देवी की भ्रामी स्वरूप की पूजा होती है नंबर अठारह माता बाड़ी पर्वत शिखर शक्तिपीठ त्रिपुरा में उदयपुर के राधा राधाकिशोरपुर गांव में है इस स्थान पर माता का दाया पैर गिरा था यहाँ माता को देवी त्रिपुर सुंदरी कहलाती है नंबर उन्नीस बंगाल में माता के सबसे अधिक शक्तिपीठ हैं। है यहाँ पूर्व मोदीपुर जिले के तामलुक स्थित विभाष में देवी कपालनी का मंदिर है यहाँ माता की बाई एडी गिरी थी नंबर 20। बंगाल के उंगली में रत्नावली में माता सती का दायां कंधा गिरा था इस मंदिर में माता को देवी कुमारी नाम से पुकारा जाता है नंबर इक्कीस मुर्शिदाबाद के किरटकोण ग्राम में देवी सती का मुकुट गिरा था यहां माता का शक्तिपीठ है और माता के विमला स्वरूप की पूजा की जाती है नंबर 22 जलपाईगुड़ी के बोडाग मंडल में सालबाड़ी गांव में माता का बायां पैर गिरा था इस स्थान पर माता के ब्राह्मी देवी के स्वरूप की पूजा की जाती है नंबर 23 बहुला देवी शक्तिपीठ वर्धमान जिले के केतुग्राम इलाके में माता सती का बायां हाथ गिरा था नंबर 24 मंगल चंद्रिका माता शक्तिपीठ वर्धमान जिले के उजनै में माता सती का शक्तिपीठ है यहाँ माता की दाई कलाई गिरी थी नंबर 25, पश्चिम बंगाल के वर्केश्वर में देवी सती का भ्रमदेह गिरा था इस स्थान पर माता को महेश मदनी कहा जाता है नंबर 26, नलहाटी शक्तिपीठ पीरभूम में नलहाटी में माता के पैर की एड़ी गिरी थी नंबर फुलारा देवी शक्ति पीठ पश्चिम बंगाल में अटरहास में माता सती के होंठ गिरे थे यहाँ माता फुलारा देवी कहलाती है नंबर अट्ठाईस नदीपुर शक्ति पीठ। पश्चिम बंगाल में माता सती का हार गिरा था यहाँ माता नंदनी की पूजा की जाती है नंबर शक्ति पीठ वर्धमान जिले के ही श्री ग्राम में माता के दाएं हाथ का अंगूठा गिरा था इस स्थान पर माता का शक्ति पीठ बन गया था जहा उन्हें देवी जुगांडिया के नाम से पुकारा जाता है नंबर 30 कलिका देवी शक्तिपीठ मान्यताओं के मुताबिक कालीघाट में माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था यह माता कालिका के नाम से जानी जाती है नंबर 31 काची देवगर्भ शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के काची में देवी की अस्थ गिरी थी यहाँ माता देवगर्भ रूप में स्थापित है नंबर बत्तीस भद्रकाली शक्तिपीठ अब बात करें दक्षिण भारत में स्थित शक्तिपीठों की तो तमिलनाडु में माता की पीठ गिरी थी इस स्थान पर माता का कन्या आश्रम भद्रकाली मंदिर और कुमारी मंदिर स्थित हैं उन्हें शवनी नाम से पुकारा जाता है नंबर तैतीस सूची शक्तिपीठ तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास सुची तीर्थ शिव मंदिर स्थित है यहाँ भी माता का शक्तिपीठ है जहाँ उनकी ऊपरी दाढ़ गिरी थी माता को यहाँ नारायणी नाम मिला था नंबर चौंतीस विमला देवी शक्तिपीठ उड़ीसा के उलक में देवी की नाभि गिरी थी यहाँ माता विमला नाम से जानी जाती है नंबर 35 पैंतीस सर्वशैलम शक्ति पीठ इस स्थान पर भक्त माता के रागनी और विशेषरी स्वरूप की पूजा करते हैं नंबर 36 श्री शैलम पीठ आराधे में ही दूसरी शक्ति पीठ कुरनूर जिले में है श्री शैलम पीठ में माता सती के दाएं पैर की गिरी थी यहाँ माता श्री सुंदरी के नाम से स्थापित है नंबर सैतीस कर्नाट शक्ति पीठ कर्नाटक में देवी सती के दोनों कान गिरे थे इस स्थान पर माता का जय दुर्गा स्वरूप पूजनीय है नंबर अठतीस कामाखाया शक्तिपीठ प्रसिद्ध शक्तिपीठों में गुहाटी के नीलातल पर्वत पर स्थित कामखाया जी हैं कामखाया में माता के योनि गिरी थी यहां माता के कामखाया स्वरूप की पूजा होती है नंबर उनतालीस माँ भद्रकाली देवी कूप मंदिर शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माता का दाया टखना गिरा था यहां माता भद्रकाली के स्वरूप की पूजा होती है नंबर 40 चटल भवानी शक्तिपीठ बांग्लादेश में चिटागोंग जिले में चंद्रनाथ पर्वत पर चटल भवानी शक्तिपीठ है यहाँ माता सती की दाई गिरी थी नंबर इतालीस सुगथा शक्ति पीठ बांग्लादेश के शिकारपुर से 20 किलोमीटर दूर माता की नासिका गिरी थी इस शक्तिपीठ में माता को सुगथा कहा जाता है इस शक्तिपीठ का एक अन्य नाम शक्तिपीठ है नंबर बयालीस जयंती शक्तिपीठ बांग्लादेश के सिलहट जिले में जैती परगना में माता की दाई जहांगिरी थी यहां माता देवी जयंती नाम से स्थापित हैं। नंबर 43 श्री शैल महालक्ष्मी शक्तिपीठ बांग्लादेश के सिलहट जिले में माता सती का गला गिरा था इस शक्तिपीठ में माँ लक्ष्मी स्वरूप की पूजा होती है नंबर चौतालीस ऐशोएश्वरी माता शक्तिपीठ बांग्लादेश के खुलना जिले में श्योर नाम की जगह है जहाँ माँ सती की बाई हथेली गिरी थी नंबर पैतालीस इंद्राक्षी शक्तिपीठ श्रीलंका के जाफना नलूर में देवी की पायल गिरी थी इस शक्तिपीठ को इंद्राक्षी कहा जाता है नंबर 46 गोहेश्वरी शक्तिपीठ नेपाल में पशुपति मंदिर से कुछ दूरी पर बागमती नदी के किनारे ये शक्तिपीठ है जहाँ मां सती के दोनों घुटने गिरे थे यहां शक्ति में मां माया की महाशीशा स्वरूप की पूजा होती है नंबर शक्ति पीठ नेपाल में मंडक नदी के पास आया शक्ति पीठ है मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का गाल गिरा था यहाँ माता के गंडकी चड़ी स्वरूप की पूजा होती है नंबर अड़तालीस तत्काली शक्ति पीठ नेपाल के विजयपुर गांव में माता सती के दांत गिरे थे इस कारण इस शक्ति पीठ को दंतकाली पीठ में नाम से जाना जाता है नंबर 49 चिंतपुर चिंता को दूर करने वाली देवी जिसे का भी कहा जाता है अर्थात बिना सिर की देवी यहां पर पवित्र पांव गिरे थे नंबर 50 मनसा पीठ तिब्बत में मानसरोवर नदी के पास माता सती की दाई हथेली गिरी थी यहाँ उन्हें माता दशयानी कहा जाता है माता यहाँ एक शिला के स्वरूप में स्थापित है इकवंजा मिथिला शक्तिपीठ भारत नेपाल सीमा पर माता सती का बायां कंधा गिरा था यहाँ माता को देवी ओम नाम कहा जाता है नंबर बावन हिगुला शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में देवी का हिंगला शक्तिपीठ है इस शक्तिपीठ में माता को हिंगलाज देवी में नाम से जाना जाता है धार्मिक मान्यता है ये कि यहाँ माता सती का सिर गिरा था